जय श्री कृष्णशरण नम अच्युत केशव रामण कृष्णदारमोदर वसुदेव हरि श्रीधर माधव गोपी जानकी नायकं जानकीनायक्रम भजे अच्युत केशव सप्तभा माधव माधव राधिका राधिकाधित इंदिरा मंदी चेत सा नंद नंदज सं विष्णवेश मणिरागिणे जानकी जान वल्लवी बल्लभा चिताया कसु विध्वस ने ते, ते नम कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपद वासुदेवा जित श्री नदे अच्युतान हे माधवादश द्वारका नायक प्रौपदीरक्ष राक्षस शोभिता सीतया शोभितो दंड कारण कारणा लक्ष्मणे लक्ष्मण नीतो वनर सेगस्त तो। समूज तो राघवा पा धेनुकारिष्ट कारिष्ट का निष्ठ कृद्वेश केशिहा का हृदय हृदय का, का वाद का पूप का सूर जा खेल बाल गोपाल का पा तुम्वदा कुंजितय कुलय भाई ूरक्राज्व किंजूल श्याम ते भजे अच्युताक पठे धिष्ट प्रेमता प्रत्यम पुषा सहमत सुंदर कृत विश्वभरम तस् वश्यो हरी जायो सवर अच्युतम केशव रा कृष्णदाद वासुदेव हरिश्रीधर माधव गोपी जानकी वल्लभ जानकीनायक्रम भजे जय श्री हरीश मम